तो एक एटीट्यूड के ऊपर है कि जितना तू हवा में उड़ रहा है ना उससे दोगुना तुझे धरती में गाड़ देंगे कि जितना तू हवा में उड़ रहा है ना उससे दोगुना तुझे धरती में गाड़ देंगे और ये यूपी है बैठे आंख नीचे करके बात करियो बना दो मिनट में तो फिल्टर फाड़ देंगे